सर्दी में ही नर्मदा नदी का जल स्तर घटने लगा है प्रशासन ने इसलिए निर्णय लिया है कि डिंडोरी में नर्मदा जल का उपयोग सिर्फ पीने के लिए किया जाएगा जो भी इस फैसले का उल्लंघन करेगा उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जिले में पेयजल समस्या को देखते हुए डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक नर्मदा नदी ऐसी औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए लोग पानी नहीं ले पाएंगे डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नर्मदा नदी के जल से सिंचाई औद्योगिक या अन्य कृषि कार्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है बिना अनुमति के नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने पर दो वर्ष का कारावास या फिर दो हजार का जुर्माना लगाया जाएगा कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में नर्मदा नदी पर बने स्टॉप डैम के जल भरा क्षेत्र से नदी के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों के किनारों पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए नदी से पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर तीव्र गति से कम हो रहा है इसके कारण भविष्य में पेयजल संकट खड़ा हो सकता है इसलिए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम उन्नीस तथा संशोधन अधिनियम दो की धारा तीन व चार के प्रावधानों के अनुसार जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है